भाई तुम भी सिंगल मैं भी सिंगल इसका मतलब समझ में आया लड़कियाँ कोई दूसरा पटा <laughs> <laughs> <laughs> साल बदलने से कुछ नहीं हो जाता मेरे भाई ना उस साल माल पटा पाए थे ना इस साल पटा पाएंगे सलाह रड़ुए ही मरे <laughs>